नवरात्रि के त्यौहार को देखते हुए नर्मदा तट पर मछली चिकन मटन और शराब की दुकानें बंद करवाने के लिए युवाओं को चक्का जाम करके प्रदर्शन करना पड़ा युवाओं ने मांग की है कि इन दुकानों को जल्द से जल्द बंद किया जाए डिंडोरी में नवरात्रि के उपलक्ष्य पर काली मां की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है वहीं नर्मदा तट पर मछली चिकन मटन और शराब की दुकानें चल रही हैं इन्हें बंद करवाने के लिए युवा प्रशासन से मांग कर रहे हैं जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो युवाओं ने चक्का जाम किया इन का कहना है कि कम से कम नवरात्रि पर तो मांस मछली की दुकानें बंद कर दें लेकिन ये दुकानदार और प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहे हैं इन का कहना है कि मजबूरी में हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि नर्मदा तट पर आने वाले रास्ते के दोनों ओर मांस मटन की दुकानें लगाई गई हैं जिसकी वजह से नवरात्रि में नर्मदा तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है अतः इन दुकानों को तत्काल बंद किया जाना चाहिए देखिए लगातार शिकायत मिल रही थी कि ये नर्मदा जी का जो रास्ता हमारा अवंती से पुल की तरफ के रास्ते में दोनों तरफ कहीं ना कहीं मुर्गे और अंडे की दुकान और जो मीट की दुकानें लगती हैं इसको लेकर लगातार शिकायतें थी हमने भी कई बार शासन प्रशासन को बताया लेकिन शासन ने भी कई बार कारवि की अतिक्रम हटाने का भी काम किया लेकिन इन लोगों की जो जबरन मनमानी है और बार बार हटाने के बाद भी पुनः लगाने का काम है इसको लेके आज यहाँ कुछ युवा हमारे आक्रोशित हो गए चूँकि कल से हमारी नवरात्रि का पावन पर्व चालू हो रहा है और हमारे यहाँ पे दुर्गा जी की प्रतिमा विराजमान होने वाली है इसको लेके सारे युवा आक्रोशित हो गए मेरे पास भी फोन गए इसलिए मैंने तत्काल यहाँ आकर नगर के जो परिषद के जो अधिकारी कर्मचारी और हमारा पुलिस बल है यहाँ पर और आज भी ये पूरा जो अतिक्रमण और यहाँ पर जिस तरह से अवैध रूप से मीट मटन की जो दुकान है मुर्गा मछली की जो दुकान है इन सबको आज ही हटाने का काम किया जाएगा और जबकि इनका जो मीट मार्केट बन गया है वहाँ पर लगातार ये लोग जा नहीं रहे वहाँ पर और व्यापार वहाँ से शिफ्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ से वहाँ तो इसको लेकर आज हम सब मिलकर इसको आज यहाँ से हटाने का काम करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि दोबारा ये लोग यहाँ ना लगाए मांगे ये है सरकार से कि हम लोगों को यहाँ पर पंडाल इस बार से चैत की नवरात्रि पर माँ काली की प्रतिमा रखी जा रही है कुछ विषय में हम तीन दिन से दुकान वालों से अंडा मुर्गा वालों से निवेदन कर चुके हैं हाथ जोड़कर कि आप लोग यहाँ दुकान बंद कर दो लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा नगर पाल का हमने कितनी बार फोन लगाया उसका आवेदन भी दे किया कलेक्टर साहब के पास भी गए कलेक्टर साहब ने फ़ोन लगाया नगर पालिका कर्मचारी आते हैं वो अलग करा के चले जाते हैं फिर शाम को फिर अपना ठेला लगा वो फिर अपनी दुकान खोल लेते हैं और कहने में सर कुछ बोलते ज नहीं हैं भाई वो लगाते रहते हैं कुछ भी कर लो करते हैं मतलब करते हैं। कहने पे कहते हैं कि आजू बाजू दुकानें कर रहे हैं आजू, आजू, आजू दुकानें लगी हैं उनको पहले बंद करो फिर हमको बोलना अब हम हम किसके पास जाएंगे भाई सरकार के पास नहीं है किसके पास जाएंगे जब कोई प्रशासन हमारी बातें नहीं सुन रहा है इसलिए हमने रोड में धरना दिया बिल्कुल रहेंगे क्या?